शिवराज के राज में कॉलेज छात्र दर दर भटकने को मजबूर है पांच हजार से ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से ना तो उनकी मार्कशीट मिल रही है और ना ही माइग्रेशन एमपी टास्क पोर्टल पर फॉर्म भरने के बाद भी छात्रों का डाटा ही अपडेट नहीं किया गया भले ही शिवराज सरकार खुद को छात्रों का हितैषी बताती हो लेकिन छात्रों की समस्या तो कुछ कहती है मध्य प्रदेश के लाखों छात्र स्कॉलरशिप के पात्र होते हैं लेकिन वर्तमान में वही छात्र स्कॉलरशिप के लिए दर दर भटक रहे हैं बड़े बड़े समारोह आयोजित करने वाले शिवराज सरकार के पास मनोरंजन के लिए तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन छात्रों को उनके हक के पैसे देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले 5000 से ज्यादा छात्र स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से उच्च शिक्षा संचालय के चक्कर काट रहे हैं छात्रों का आरोप है की स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के बाद भी उनका डाटा स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है जिसके कारण उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है और इस वजह से वो अपने कॉलेज की फीस नहीं दे पा रहे हैं जिससे उनकी मार्कशीट और माइग्रेशन अटके हुए हैं छात्र उच्च शिक्षा संचालय के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी समस्या का कोई निदान नहीं हो पा रहा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज